अब लाइव है तो रेगुलर घुमा कर लगाते हैं वाला इसमें डाटा का नोटबुक पर, पर देख ले बस खोलेगा जाने करन में है अरमान अरमान नाम डालेंगे डायरेक्ट कर देंगे

जहा पे लाइट तो लाइक पता है ना

यूट्यूब yeah. पे हेलो अब इसमें ये आने से कि लाइव रहोगे तो कोई ना कोई तो, तो तुम्हें देखे

साइड में हरमान भाई के नाम तो जानते <coughs>

अरमान अरमान वाला लाइव वीडियो चल रहा साढ़े छः बज मैं पैतीस मिनट चालू हो गया

ही काम कर शानदार चल रहा है

लो के चार लक्षण

हम जो, जो भी बोलूंगा ना मैं पहले कर ठीक है? नहीं खिलाएं अभी रहेंगे अभी बाद में इसको लाइव यानी कि मैं अब जो बोल बोलूंगा अभी तो वो कम से कम एक सेकेंड के बारह सेकंड के बाद

दूसरा वो सुनाई देता है, पहुँचने में समझ लेता है। हमारा आपसे बातें हैं, अब इंडिया बनेगा तो। हम्म, <coughs> बहुत ही बढ़िया है, हैं? <coughs> ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। अब सही से करना चाहिए।

नहीं हो सकता का दिखाई न दे रहा हूं

मेरा तो दो तो तो है करना पड़ेगा अरे अरे बराबर

दोनों में

आए नहीं मैंने करवा दिया मम्मी को और वीडियो चाहिए उसको पास में आए आओ आइए बैठो मैं तो आप आ रहा हूं कोई नहीं बॉस

कोई देखा रहा है वो मैंने वो खाना खा लो वैसे मैं जर्मनी से बोल रहा हूँ

em uma

com oh. a

मेरे ला। हाँ। मैं यार से देखूंगी पांच रुपए

आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। क्या आगे। आगे। काटा हो एक आगे। आगे।

में लगा फिर तेल लगा ले <laughs> ले पे तेल लगा लिया फट गया फट रहा है ना पूरा फूटा फट जाएगा पहले दांत सही से खड़ा होगा दात मारे लिए पहले

है। क्या नहीं है क्या नहीं है बस रहे रहे उसके अलावा कोई रास्ता रह भी नहीं है

संतरा वाले को कुछ कुछ ना कोई मैं

तो रही है

हनुमान भाई यूट्यूब चल रहा

मान YouTube चैनल कहा गया ये भी आ क्या

अलमान किंग YouTube अपना स्ट्रीम लाइव

कैसे देखे लाइव वीडियो कैसे देखे अपनी

ज्ञान चल लाइफ

यूट्यूब

लाइक स्ट्रीम कैसे करें

आप आप तो आप जो लाइव स्ट्रीम है है पब्लिक रखना रखना चाहते चाहते चाहते चाहते प्राइवेट करना करना ऊपर तो से से ऑप्शन कर लेना है कि आप कैसे रखना उसके बारे में चाहोगे या दोस्तों

उसको आप आप बहुत है। है। है, बाद बाद में में इस उसके आता आपको से

एक नाइन और सिस्टम में जो एग्जामिस टाइम रेट है मतलब जरा पेस्टिंग और सेट और विनय दोस्तों के बारे में यहां बना देंगे वगैरह सब कुछ का और रेड पर सेटिंग कर दो राइट और लिस्टिंग सब कर दो ये वाला और ये सेटिंग का फोन इधर आगे मुझे सोर्स को हम को नेक्स्ट कर सकते हैं चलो